अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं बहुत ऑप्शंस है आप बताइए कहां से शुरू करें बिजली डिफेंस बहुत ऑप्शन है डिफेंस लेट आ स्टार्ट विथ डिफेंस अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जीरो एक्सपीरियंस कल मैंने प्रधानमंत्री को एचेएल में देखा प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया मगर रियलिटी तो यह है कि एचेएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था एक सौ छब्बीस हवाई जहाजों का वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी गया वहां भी फैसिलिटेशन था अब अब देखिए और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेनर्स हैं जो बिजनेस स्कूल हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल दे हैं इनको इसका केस स्टडी इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए शायद बने हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसिस तो तो अब देखिए अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए एलबिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन बनाते हैं ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स आर्मी नेवी के लिए रिफिट करते हैं अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले एचएल ये काम करती है हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अगर एक नहीं मिलता यह मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है यह इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे, जैसे मैंने आपको दिखाया एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए 30 परसेंट मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए वैसे ही डिफेंस में करा तो चार डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं यह काम इन्होंने कभी नहीं किया स्मॉल आर्म्स जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेज यूज करती है आर्मी यूज करती है जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है ये सब अदानी जी बनाते हैं सीधा स्ट्रेट इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए जहाजों के मेंटेनेंस के लिए स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है इजरायली जो ड्रोन है उसका बिजनेस मिल जाता है मतलब जो हिंदुस्तान और इसराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता का है खत्म हाँ उसमें पैगेस भी है तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पैगसिस कैसे आया क्या हुआ किसने दिया अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटजिक कंपनी है वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई अदानी, अदानी जी ने अदानी जी ने अकवायर कर लिया तो आपने देखा कि एयरपोर्ट का बिजनेस थर्टी मार्केट से हिंदुस्तान और इसराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90 परसेंट उठा के ले जाए एक विजिट एक विजिट फॉरन पॉलिसी यह है फॉरेन पॉलिसी